संतदेव प्रांदी जी महाराज विनाशक दयाल में तुम गजानंद महाराज भोला राम वर्णन करे खुशियों का सरिका ऐ संगी सरिता बहाबे मां आज सभा में आकर विसन्न होगा सारिका हम गुण तुम्हारी शोमण करें पूजा के बाद काम करते हर कह बारा मेरे बाकी शक्ति तो जाएगी। श्रगुण मोहरिति है अरे शुण का है सरता अरे गजंत गज वजन गजालन The Sudan is young. शंकरण पेरिस सर्व करो मत सर्व करो अलकाल भी अरे स्वर्ग का का दीर्ण काशी चक्राय उस बात दुष्ट को देखि न इंद्र भी जगह तुम तो शक्ति को अभिमान हो देवता हरे ऐसी विनती करो सब कहीं तो ये को उपाय करो युवा धर्म सब कैसे अल शफल हमारे आए करो आए दया करो हे दया ने को कहीं तो उपाय तुम करो यो कष्ट दे रहे कई दिन को जरा को तो अंधा तो सीता हरण तो एक खेल दो, हर सीता हरण तो एक खेल दो, माया री तीर गोवर न हरे रावण क्युद मै जान बहुत खेल खेलायो विजय हो धरती पा पाप लग तो भोला हम गा दंगल